के के के लाठी लाठी लाठी मारो, मारो, शेर रिजल्ट अलग-अलग आएगा। मारते हैं, तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं और इसके मार के देखो लाठी की तरफ देखिएगा भी नहीं जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त इसलिए बापू है वो वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है ऐसा डायरेक्शन